तुम जाना अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ जब आएगा न्यूर हम तो सिंगल है जनाब हमारी तो चलेगी दारू और पियरिया गयी गई नहीं देती